एक, तू सच तेरा नाम सच हे आदिपुरुष परमात्मा परम ब्रह्म तू सच्च है तेरा नाम सच्चा है कण कण में समाये हुए उस परम ब्रह्म का हम ध्यान करें सीधे होके बैठे कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला रखें आंखों को बंद करें बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुनें, आते जाते हुए सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें te ra na satcha e k to tuk... sat sacha... tera na sat tja... ek <laughs> तो सच तेरा नाम सच्च हे आदि अनादि आदिपुर आदि अंत से रहित परम पुष नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्त्य ओम कराला महाकाल कालम कृपाल गुणागार संसार पारम न संसार को रचके उससे परे जो तू बैठा है इस प्रकृति को रच के इससे परे जो तू बैठा है जीवन और मृत्यु के वस्त्रों को तू बनता रहता है तू ही कोमल स्वभाव को धारण करता है तू ही कराल विकराल महाकाल स्वरूप को धारण करता है तू एक ही है तुझ अविनाशी के आगे हम सब आत्माएं नतमस्तक हैं हे आदि ब्रह्म परमात्मा महाकाल की इस नगरी उज्जैन में आप जीवित देवियों का और जीवित देवताओं का स्वागत है मंदिरों में जो देवी देवताओं की मूर्तें हैं वे हमारे उन पुरखों पितरगणों की मूर्तें हैं तस्वीरें हैं जो इस पृथ्वी पर कभी हमारी तरह चलते फिरते थे और आज वो उस परमात्मा के अनंत में विचरण कर रहे हैं और उनमें से कुछ देवात्माएं परमेश्वर की आज्ञा से हम पृथ्वीवासियों के लिए अमृत की वर्षा करते रहते हैं करते रहते हैं वे सब हमारे पितर गण हैं पूर्वज हैं चाहे वे मनुष्य हैं चाहे वे ऋषि मुनि हैं चाहे वे देवता हैं कोई भी उन सब परम पुरुषों को हमारा प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम अस् या मास नवग्रु निधाना अग्नि सख्यु हो शिवस् मौन शांत आत्मा वाले पुरुष इस मित्र शिव से अमृत और मार्ग को पाते हैं संसार में दो तत्व हैं शिव तत्व और ऐशिव तत्व शुभ तत्व और अशुभ तत्व, तत्व और पहले हमें शिव और अशिव शुभ और अशुभ इन दो बातों को समझ लेना चाहिए परम ब्रह्म परमात्मा का ये दो प्रकार का स्वभाव है जिसके मिश्रण से वो इस जगत और हम जैसी त्रिगुणात्मक आत्माओं की सृष्टि रचता है शिव मन कल्याण तत्व जिन जिन बातों में कल्याण है शांति धारण हम करें तो हमारा भी और दूसरों का भी कल्याण होता है अशांति उद्वेग क्रोध द्वेष ईर्ष इन बातों में रात दिन रात दिन हम सुलगते रहते हैं तो हमारा शरीर नष्ट होता रहता है मन परेशान अशांत होता रहता है आत्मा धूमिल मलिन होती रहती है शिव तत्व क्या है मन को शांत रखना ऐ शिव तत्व क्या है सदा उद्विघ्न अ संतुष्ट हाय हाय हाय हाय में पड़े रहना दूसरा शिव तत्व क्या है हमारी आत्मा का प्रेम उससे लगे जहां से ये उत्पन्न हुई है जो इसका ध्रुव बिंदु है जहां से चलकर ये इधर उधर युगों तक घूमती फिरती रहती है और अंत में फिर उसी के सामने जाके खड़ी होती है यह है ए शिव तत्व और अ शिव अ कल्याणक अमंगलकारी क्या है संसारी वस्तुओं में धन में स्त्रियों में अपने परिवार में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाना हमारे दुखों का कारण बनता है हमारे मन का प्रेम यदि उस परम ब्रह्म आदि देव के लिए है तो ये शिव तत्व की तरफ हमारी उड़ान है शिव शब्द में आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो शिव कोई व्यक्ति नहीं है शिव कोई देवता नहीं है शिव एक कल्याणक तत्व है परमात्मा का मंगलमय स्वरूप निराकार ब्रह्म का मंगलमय स्वरूप और ऐशिव अशुभ अमंगलकारी भी उसी का एक रूप है इन दो तत्वों से यह जगत चलता रहता है अगर दो में से एक तत्व नष्ट हो जाए तो ये जगत भी समाप्त हो जाएगा शुभ तत्व में अपने को स्थित करना शिव स्वम बनना अपने कल्याण के लिए दूसरों के कल्याण के लिए विश्व के कल्याण के लिए हमारे अशुभ चिंतन से अशुभ कार्यों से जो विश्व निकलता है विनाश की उत्पत्ति होती है उसको रोकना और अपने भीतर अमृत तत्व को बढ़ाना शुभ चिंतन को बढ़ाना अपनी वाणी को शुभ में स्थित करना अपने कर्मों को शुभ शुभ हमें करना यह हमें शिव तत्व में स्थित करता है शिवो भूतवा शिवम यजेत तुम शिव बनकर उस परम शिव जो परमात्मा कहलाता है उसकी तरफ चलो अशांति कलेश से भरे इस पतझड़ जैसे बन जैसे जगत में शिव तत्व की शांति और बाहर बाहर बसंत बाहर जरूरी है चलते हुए मुसाफिर के सिर पर दुखों का भार भी जरूरी है और इस जीवन रूपी बंद को पार करने के लिए तुम्हारा सा तुम्हारा थोड़ा सा प्यार भी जरूरी है दूसरों का प्यार हमें मिले ये कब मिलता है ये ऐसे ही नहीं मिल जाता प्रेम बाजार में नहीं मिलता प्रेम अपनों से भी नहीं मिलता और अपनों से भी तब मिलता है जब हम उस प्रेम को पाने के योग्य अपने को बनाते हैं ऐसे ही कोई हमको प्यार नहीं करने लगता धिकारने वाले हजारों हमें मिल जाते हैं तुझे लानत है तुझे धिकार है तू बड़ा बुरा है बुरे हैं इसीलिए तो चारों तरफ से हमको धिकार अभिशाप प्राप्त होते रहते हैं हमारा चिंतन अशुभ है हमारी वाणी अशुभ है हमारे सब कार्य स्वार्थ मक्कारी झूठ फरेब आसक्ति इन सब तत्वों से भरे रहते हैं लोग जानते हैं ये बड़ा मक्कार है ये बड़ा झूठा है ये बड़ा स्वार्थ अभी यह कुछ कह रहा है एक घंटे बाद में कुछ और कहेगा तो वह हमको क्यों प्यार करेंगे हमारे पिता भी हमको प्यार नहीं करेंगे हमारे सगे भाई भी हमको प्यार नहीं करेंगे हमारी माता भी कहेगी ये लड़का बड़ा दुष्ट है मक्कार है जो सत्य है वही निकल के आएगा और जब ऐ शिव अशुभ तत्वों का हम शमन कर देंगे उनको धीरे धीरे नष्ट करेंगे संसार की आसक्ति के लिए बुरे बुरे काम बुरी बुरी बाणी जब हम नहीं बोलेंगे स्वार्थी जब हम नहीं बनेंगे तब हमारे भीतर मंगल तत्व का उदय होगा दूसरों के भी कष्ट दुख और विष को हम अमृत में बदलने वाले बन जाएंगे शिवो भूतवा शिवम यजीत पहले हम शिव बने शिव कोई व्यक्ति ने मंगल तत्वों से मंगल भावनाओं से तन्न तुव हे परमात्मा जो कल्याण है जो मंगलकारी है जो शुभ है जो शिव है शिव तत्व वो हमें प्राप्त हो हमारी वाणी में शिव तत्व आए हमारे कानों में अच्छी अच्छी बातें आए शुभ शुभ आए शुभ शुभ बातों को हम विचार करें सोचें शिव संकल्पमस्तु हमारे संकल्प हमारे विचार सुंदर हो सत्ये हो शिव और सत्यम शिवम सुंदरम तीन धाराएं ये हमारे जीवन में हमारे नेत्रों में हमारे कानों में हमारी वाणी में सदा बहते रहे इसी बात को ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं ओम अस्य यमासु तो नवग्रु निंदाना शिवस्य सख्यु शांत आत्मा वाले पुरुष इस मित्र शिव कल्याण तत्व को दान करने वाले उस परमात्मा की मित्रता को पाता है और उसके मार्ग को पा जाता है एडयस्य वरशनो बृहता स्वासो भाम स्तुति इस्तुति किया गया वो प्रभ सनातन सखा हम पर अपने ज्ञान और अमृत की किरणों को बरसाता है ऐतिहासिक नगरी जहां हम बैठे प्राचीन काल में किसी युग में शायद सत्युग और त्रेता की संधि काल में यहां पर चंद्र नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे वे हमेशा यजुर्वेद के मंत्र का पाठ करते रहते थे नमः शिवाय शिव तराय च शिवाय शिव तराय यजुर्वेद का मंत्र है परमात्मा का नमः शंभ मयो भवाय नमः नम शंकर मयस्कराय च नम शिवाय इस मंत्र का वो निरंतर निरंतर जाप करते रहते थे बड़े धर्मात्मा बड़ी पवित्र आत्मा वाले और पड़ोसी राज्य ने सोचा ये तो माला लेके बैठा रहता है राज सिंहासन पे ये तो एक साधु की तरह प्रजाजनों में घूमता रहता है साधारण वस्त्र पहन के उसको यही पता नहीं तू राजा है या महात्मा है ऐसा सोच के पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया इस अवंतिका नगरी में प्राचीन काल में इसको अवंतिका बोलते थे तो सच सचार तेरा नाम सच्चा एक तो सचा तेरा नाम सचा संसार के मालिक तेरा